पैसे का जो फ्यूचर है पैसे का फ्यूचर अब कैश और डिजिटल वॉलेट से कहीं आगे चला गया है डिजिटल वॉलेट अभी प्रेजेंट में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पे है बहुत ही ज़्यादा उफान पे है लेकिन इसको रिप्लेस करेगा क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी मतलब कि बिटकॉइन इथेरियम ये सब कॉइन्स रिप्लेस करेंगे भले ही आज की डेट में आर ने इस पर लगाम लगाई हुई है लेकिन बिट ही पैसे का फ्यूचर है इसकी पूरी डिटेल वीडियो में लाऊंगा कुछ दिनों में तब तक के लिए आप वेट कीजिए थैंक यू